जय महाराज जी महाराज जी से जुड़े प्रसंगों की श्रृंखला में आपका स्वागत है आज का प्रसंग हमने लिया है संतोष कुमार सिंह जी की पुस्तक पुष्पांजलि से ये प्रसंग लखीमपुर खीरी के रहने वाले हेमंत श्रीवास्तव जी का है वे कहते हैं मैं एक संस्मरण आप लोगों को बताना चाहता हूँ हमारे बड़े भाई साहब के दो बेटे हैं अभिषेक और शुभम जो दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहकर सिविल की तैयारी कर रहे हैं यह बात अगस्त 2018 की है रक्षाबंधन की छुट्टी होने के कारण बड़ा बेटा अभिषेक लखीमपुर आ गया छोटा बेटा शुभम वहीं रुक गया 29 अगस्त की रात करीब डेढ़ बजे शुभम का फोन आया और कहा कि पापा हमारे पेट में बहुत तेज़ दर्द उठाए बड़े भाई ने हमको जगाया और कहने लगे कि ड्राइवर को बुलाओ चलो दिल्ली चलना है शुभम की तबीयत ठीक नहीं है हमने अपने भाई साहब को समझाया कि लखीमपुर से दिल्ली जाने में कम से कम सात से आठ घंटे लगेंगे पहले शुभम को अस्पताल भिजवाने की कोई व्यवस्था की जाए उधर बड़ा बेटा अभिषेक भी यहाँ से दिल्ली बराबर अपने दोस्तों के संपर्क में था लेकिन रक्षाबंधन की छुट्टियों के कारण लगभग सभी लोग अपने घर गए हुए थे। पूरा परिवार बहुत परेशान था। हमने तुरंत अपने गुरुदेव श्री महाराज जी को मन ही मन याद किया और पूजा स्थान में जाकर उनका ध्यान प्रार्थना की और कहा कि हे संकट मोचन गुरुदेव हमारा बच्चा वहाँ अकेला है उसकी रक्षा करिए गुरुदेव का ध्यान कर ही रहे थे कि लगभग चालीस मिनट बाद हमारे भतीजे शुभम का फोन आया कि आप लोग परेशान मत होइए हमारा एक दोस्त आ गया है उसके साथ अस्पताल जा रहे हैं यह सब गुरुदेव की ही कृपा रही कि दो तीन घंटे एडमिट रहने के बाद डॉक्टरों ने उसको डिस्चार्ज कर दिया वह सुबह चार बजे अपने कमरे पर आ गया उनतीस तारीख को दोपहर में हमने अपने भतीजे शुभम को फ़ोन करके पूछा कि वह दोस्त रात में कैसे आ गया तो उसने बताया कि यह लड़का तीन चार दिन पहले यहाँ कमरा देखने हमारे फ्लैट में आया था लेकिन उस समय कमरे खाली नहीं थे तो उसने हमारा मोबाइल नंबर ले लिया था लेकिन शुभम उसका नंबर नहीं ले पाया था कल रात जब तबीयत खराब हुई तो लगभग दो बजे उस लड़के का फ़ोन आया कि क्या कमरे की कोई बात हुई या नहीं अब आप लोग ही बताइए कि क्या कोई रात में दो बजे फ़ोन करके पूछेगा कि क्या कमरा मिला या नहीं यह सब हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री महाराज जी की ही कृपा थी जिन्होंने बाल रूप में आकर हमारे बच्चे की रक्षा की तो ये तो था महाराज जी का एक प्रसंग महाराज जी के ऐसे ही प्रसंगों को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें कमेंट कर दें और वीडियो को अन्य भक्तों तक पहुंचाने हेतु शेयर करें धन्यवाद जय महाराज जी